लगाए कोई कैसे ऐसे कुछ लगा है कोई रोबा give her a इसके हमें आग तेरा देश की है बिना रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन भी